तो हाँ, हम ये बात कर रहे हैं कि लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल इंपॉर्टेंट क्यों है हमने यहाँ से बात शुरू की अगर लेक्चर स्टार्ट हुआ है इसका ऑबियस आंसर ऐसे होना चाहिए क्योंकि हमने जब बात की थी वो पांच जो हमने असूल सर्कुलेशन के पढ़े थे तो उसमें हमने बात की थी कि रिकॉर्डिकट है वो सम है ऑफ ऑल दिश्य ठीक है अब रिक्वायरमेंट का जहां पे जिक्र आ जाता है जहां पे रिक्वायरमेंट्स का जिक्र आ जाता है वहां पे फिर वेरिएशन का जिक्र आता है मिसाल के तौर पर तो. अब आप इधर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के देख सकते मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन का आपको नाम यहाँ पे दिया गया है uh, बेटा मैंने अपनी पहले चेक कर ली आवाज मेरी आवाज आपको आनी चाहिए ठीक है आई वो जस्ट कैरी ऑन Uh, अब जैसे लंग्स है लंग जो है वो पूरे का पूरा कालेक् आउटपुट उसको अकोमोडेट करना पड़ता है विद एवरी स्ट्रोक हुआ ठीक है तो लंग की भी एक एग्जांपल है uh, इसके अलावा फिर जीआईटी, किडनी स्केलेटल मसल्स की है ये 25-25 फीसद जो है uh, जो नॉर्मल एट एनी टाइम ब्लड फ्लो है ये उसको अकोमोडेट करती है ठीक है स्केरेट्रल uh, मसल में एक्सरसाइज के वक्त ब्लड फ्लो काफी बढ़ सकता है ठीक है तो अच्छा बेटे तो जिसको आवाज नहीं आ रही ना वो प्लीज अपना तेजी तो देता हूं स्टूडेंट्स टू हैव प्रॉब्लम बात ही हो रही है कि लोकल ब्लड फ्लो की ज़रूरत क्या है तो वेरियस ऑर्गन्स हैं उनके अंदर डिफरेंट ब्लड फ़्लो होना चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से ठीक है हमने यहाँ पे बात की है लंग्स की तो लंग्स को आप देखेंगे कि वीक को आ जाएगा पूरा का पूरा कार्डियक आउटपुट वो उनको अकोमोडेट करना होता है जाहिर है और उसके बाद मैंने आपको दो तीन यहाँ पर एग्जाम्पल और दिए हैं जहाँ पर पच्चीस पच्चीस जो टोटल काटे आउटपुट है उसका पच्चीस पच्चीस इन लोगों को आर्गनस को आ रहा है और इसमें भी फ्लक्चुएशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन उनकी uh, कि रेजिस्टेंस कितनी है और रिक्वायरमेंट कितनी है आपने रिक्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा जोर देना तो अगर जैसे मैं स्केट मसल की बार बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर स्केट मसल एक्सरसाइज कर रहा हो तो उसकी जो ब्लड फ्लो ब्लड रिक्वायरमेंट है नीड है वो बढ़ जाए जिसकी वजह से वो फिर अपना कोई इंतजाम करेगा और उसका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा ठीक है तो ये ये कुछ ए, एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि जी लोकल ब्लड फ्लो कर लोकल से मुराद टिश्यू ब्लड फ्लो कंट्रोल करने की एक तो जरूरत क्या है दूसरा इस पूरे सब्जेक्ट की पढ़ने की इसमें इंपॉर्टेंस क्या है तो इंपॉर्टेंस यही है कि टिश्यूज अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उनको ब्लड फ्लो चाहिए ही चाहिए होता है और वो उसको अगर वो बढ़ जाए तो वो उसको बढ़ा पाए ये चीज हम आज इसको देखेंगे वो कैसे बढ़ाते हैं अपनी जरूरत यानी नॉर्मल जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा वो ब्लड फ्लो कैसे एडजस्ट करते हैं ठीक है बेटे लंग्स के एंटायर कार्डे का आउटपुट का मतलब ये है कि आप जानते हो कि राइट वेंट्रिकल जो है उस वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारे का सारा ब्लड वो लंग्स में जाता है ना राइट वेंट्रिकल पलरी आर्टरी के जरिए सारे का सारा ब्लड लंग्स में डालता है जबकि लेफ्ट जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सारी बॉडी तो को एक्सेप्ट लंग्स तो सारी बॉडी को वो सप्लाई करता है ठीक है तो ये है फर्क राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है ओके okay. तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म्स को हम थोड़ा सा पहले ओवरऑल देखते हैं और फिर उसके हम डिटेल में जाए ठीक है ये कोई को कोई बता दे कि वो परेशान ना हो ठीक है एंड प्लीज टेल हर नॉट टू टेक्स्ट टू मच इस बच्चे से होते हैं, ठीक है अगर उसको आवाज नहीं आ रही तो टेल हर कोई उसको टेक्स कर दे कि भाई इसका आप बाद में आ, कर लेख लेको ये YouTube पे आ जाए इस तरह टेक्सटिंग से ना बच्चे डिस्टर्ब होते हैं अच्छा तो मेकेजम्स की अब बात कर लेते हैं तो बेटे एक तो आपने बात जो नोट करनी है ना वो ये नोट करनी है कि एक लोकल ब्लड फ्लो है ठीक है और एक सेंट्रली इमीडिएटेड है यानी नर्वस सिस्टम उसको कर रहा है कंट्रोल या फिर हॉर्मोनल हॉर्मोन्स कर रहे हैं उसको कंट्रोल ठीक है यार प्लीज टेल कि सर का माइक खुला हुआ है उसका स्पीकर बंद है ओके थैंक यू राइट सो मैकेनिज्म जो है वो या तो लोकल बेटे होंगे या सेंट्रल होंगे यानी अगर आप मिसाल के तौर पर मसल की बात कर रहे हैं तो मसल या तो लोकल अपना ब्लड फ्लो तो कंट्रोल कर पाएगा या फिर ऐसे अवामिल होंगे जो सेंट्रल सेंट्रोनर्मस सिस्टम से आएंगे या किसी हार्मोन के जरिए आएंगे ठीक है पहले हम बात कर लेते हैं लोकल के लोकल ये लोकल मामला क्या है तो यहाँ पे हम लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर रहे हैं ठीक है लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल्स में फर्दर आगे जिस तरह से मैंने लेक्चर बनाया है इन शाह आपकी मेरी पूरी कोशिश यही होगी हमेशा यही होती है कि ये साथ साथ आपको लेक्चर याद ही हो जाए ठीक है वो ये है ही ऐसा फ्रोही ऐसा है कि आपको याद हो जाए तो अगर आप ये याद कर लें कि ओवरऑल देर आर टू लोकल लोकल और सेंट्रली यानी नर्वस या हॉर्मोनल उसके बाद लोकल में लोकल के अंदर देर आर फर्दर टू डिजन लॉन्ग टर्म अक्यूट एंड लॉन्ग टर्म ठीक है तो हम ये करने लगे ना अब एक एक्यूट है और दूसरा लॉन्ग टर्म ठीक है एक्यूट जो है उसका मतलब ये है कि वो सेकेंड्स टू मिनट्स में एक्टिवेट होता है ठीक है और लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि वो डेज से लेकर मंथ्स तक काम करता रहता है ठीक है एक्यूट जल्दी ए, ए, एक्टिवेट होगा और लेकिन जल, देर तक नहीं रह पाएगा क्योंकि बैरल वो एक्यूट है ठीक है जो लॉन्ग टर्म है वो जल्दी कि नहीं करेगा थोड़ा देर लगेगी उसको किक इन करने में लेकिन वो लंबे अस्से तक काम करता रहेगा ठीक है ये बेटे फर्क है एक्यूट uh, में और लॉन्ग टर्म में ठीक है नाव एक्यूट में जो जरा मोटी बात है वो हम बाद में भी डिटेल बात अभी करेंगे। रैपिड चेंजेस इन लोकल जो मैंने आपसे बात की अब बात क्या है मेन ये फिर कोई बात आ गई कंस्ट्रक्शन एंड वेज ऑफ ठीक है ना ये वो चीजें हैं क्रॉनिक बेटे हम बीमारियों में कहते हैं जब हम मेके बात कर रहे होते हैं ना तो उसमें लव्स लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म ही इस्तेमाल होता है और यूज़ली तो यह है. एक बुरी, एक बुरी है, तो है अच्छा एक्यूट में हम बेजो कंस्ट्रक्शन और बेजो डाइजेशन से ही डील कर रहे हैं ठीक है चाहे वो आर्टीरियल की हो चाहे वो मेटा आर्टीरियल की हो चाहे वो प्री कपल्ट्री स्पिल हो ठीक है लेकिन बात यही होगी कि उनका जो का डायमीटर है उसको फैला के या उसको सुकेर के बिल्कुल बिल्कुल गोमल डायमीटर चेंज की बात होगी जब भी हम एकजुट की बात करते हैं ठीक है थीके? ओके अब आजान हो रही है हम थोड़ा तो सा ब्रेक लेंगे ठीक है यही सब दोबारा स्टार्ट करेंगे Welcome back. <coughs> हम बात कर रहे थे की तो मैंने आपको बता दी अब हम बात करते हैं ब्रीफली कि ये अच्छा सवाल आ गया ठीक है लेकिन अभी हम क्योंकि फ्लो से ज्यादा कंसर्न है तो पीछे अगर थोड़ा बहुत प्रश्न इंक्रीज भी हो जाए या डिक्रीज हो जाए उससे कोई करता लेकिन हमें ब्लड फ्लो से मकसद है ठीक है ओके लॉन्ग टर्म में जैसे आप देख सकते हैं कि गुफ्तू हो रही है यानी स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है ये देखो इसको मैं ना हमेशा कहता हूँ चेपी लगाना ये चेपी है ये टेम्पररी मेजर है तो गुड्डी जब थोड़ी सी ना काइट अब उड़ाते हैं तो अगर हल्की सी फट फुट जाए आप तो शायद पता उड़ाते हो नहीं उड़ाते हो आपके भाई जरूर उड़ाते होंगे वो जो अगर कोई हल्की जगह से फट जाए तो उधर एक टेप हुआ करती थी हमारे जमाने में तो चेपी कहते थे तो चेपी लगा के वो काइट उड़ा लेते हैं तो मैं इसको हमेशा चेपी कहता हूँ ये जो रैपिड, रैपिड चेंजेस आती है ना बॉडी में रेगुलेशन वाली वो चेपी लगती है बस ये नहीं वक्ती तौर पर जैसे पाकिस्तान चल रहा है वक्ती तौर पर बस एडॉक एडॉक इधर कर दिया वजीर चेंज दिया, कर दिया फल कर दिया डिब्बा कर दिया कोई असल चेंज तब्दीली नहीं है बस चेपी लगती है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बाकायदा तब्दीली है कैसे कि जनाब इंक्रीज इन साइज आपने वैसा का साइज इंक्रीज की कर सकते हैं आप जी बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप हमें टाइम दे दें आप उसके नंबर भी इंक्रीज कर सकते हैं यानी जहां पे एक वैसल या दो वैसा जा रही है पे चार कर दें जी बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन हमें टाइम दरकार है तो ये टाइम लेगा लेकिन यह हो जाए ठीक है तो ये है बेटे लोकल के अंडर एक लॉन्ग टर्म की बड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसके बाद हम ये एंड में ये देखेंगे कि नर्वस और हारमोन जो सेंट्रल इसे हम कह रहे हैं सेंट्रल इसमें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है और फिर हॉर्मोन्स हैं जिसमें हिस्टामिन आता है तो ये लिस्ट दीजिए उसको आपने थोड़ा सा जहन में रखना है ठीक है चले अब हम आगे चलते हैं इससे पहले कि हम एक्यूट मैकेनिज्म करें थोड़ी सी आपकी हेल्प के लिए ये स्लाइड में कुछ मेकेजम्स uh, कह लो या थ्यूरीज कह लो वो दो हैं मेन जो आगे आपको uh, जो एक्चुअल एक्यूट और लॉन्ग टर्म मेके हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं है टेक्नोलॉजी कह लो थ्यूरी कह लो जो भी कह लो उसको अच्छा सवाल है सर ये लोकल किस टाइम पे होगा और नर्वस किस टाइम पे होगा बेटा ये बैकवर्ड होता ओके okay. तो थ्यूरीज कह लो टेक्नोलॉजी कह लो ऐप कह लो जो पे कह लो ये वो तरीकेकार है ये वो तरीका बार का आता है जिसके वो मुख्तलिफ एकज इस्तेमाल करते हैं अब चाहे वो बेजो डायरेक्टर थ्यूरी को इस्तेमाल करें या वो ऑक्सीजन डिमांड को इस्तेमाल करें या वो दोनों को इस्तेमाल करें ठीक है तो ये एक चीज है ठीक है ना ये आगे जब जब इसकी अप्लीकेशन आएगी तो आप लोगों को समझ में आएगा अभी सिर्फ इसको देख लो कि बेजो डायरेक्टर थ्यूरी में की थ्यूरी है क्या थ्यूरी ये है कि भाई ये दो तीन चीजें हैं डीरोन कार्बन डाइऑक्साइड हिस्टमिन पोटैसियम और हाइड्रोजन ये जब ज्यादा टिश्यू में अब ये सारी बात लोकल लोकल से मुराद लोकल से हमारी मुराद है ये जो लोकल जब हम बात करते हैं लोकल ब्लड फ्लो ये मतलब है टिश्यू का ब्लड फ्लो तो टिश्यू के ब्लड फ्लो की बात हो रही है ठीक है ये देखो ना टिश्यू से बनाया ये टिश्यू सेल्स हैं ये भी टिश्यू सेल्स हैं ये भी टिश्यू सेल्स है सारे ठीक तो है यहाँ पे अब इस माहौल में ये वाली इस माहौल में ये वेसल बनाई हुई है ठीक है ना ये सारी वेसल बनाई हुई है यहाँ पे ब्लड फ्लो आ रहा है और ये ये मोहल्ला है समझो ये पूरा मोहल्ला टिश्य का है इसके सेल्स है और इसके अंदर से एक ब्लड वेसल गुजर रही है अब वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वेजोडायटिव थ्यूरी होती क्या है थ्योरी ये होती है कि जब मेटाबॉलिज्म जरा इंक्रीज हो जाए इन सेल्स का तो इनमें एडीनोसिन बनना शुरू हो जाती है अब पूछेंगे एडीनोसिन कहां से आती है बताएं एडोसीन कहां से आती है एडिनोसिन कहां से आती है ये जी बच्चों एटीपी से शाबाश एटीपी से ठीक है वेरी so, गुडाला तो को तोड़ेगा जब वो ATP को तोड़ेगा तो उसका एब एडीपी आ गए फिर एडीनोसिन में चेंज हो जाएगा ठीक है, है तो एडीनोसिन का बढ़ना टिश्यू में ये इशारा देता है कि भाई ये जो टिश्यू है ना ये जो मोहल्ला है ये एक्टिव हुआ है काफी ठीक है ना तो ये जो वेसन है अब इनका कुछ कर इनमें ब्लड ज़्यादा आना चाहिए फ्लो ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है क्योंकि एडिनोसिन ज़्यादा बन रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे है, तो मैं चेंज कर, एडिन, कर लिया बिल्कुल वैसे ही एक एक्टिव टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा सही है ना मेटाबॉलिज्म की ही गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड उसी से बनती है बिल्कुल इसी तरह से वहां पर होगा पोटैसियम आइन भी प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोजन आइन से प्रोड्यूस होंगे बुनियादी तौर पर ये सारे बेजोडायरेटरी सबस्टांसिस हैं ये सारे सबस्टांसिस बेजोडरी सबस्टांसिस हैं और ये रिलीज होते हैं एक्टिव uh, टिश्यूज uh, uh, में ऑल द टाइम लेकिन जब वो एक्टिव टिश्यूज ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ठीक है किसी भी वजह से तो इनकी जो मकदार है तादाद है या अमाउंट है वो भी ऊपर चली जाती है जब इनकी अमाउंट ऊपर चली जाती है तो ये वेसल्स को मजबूर कर देते हैं कि वो डायलेट करें क्योंकि ये ये सब्सटेंसेस हैं, प्रोडक्ट्स। अगर में बने। तो इनको ले जाना बहुत जरूरी है लेकिन ज्यादा जा, ज़्यादा जब बन रहे होंगे तो कौन ले जाएगा इनको लड़ी लेके जाएगा लड़ी वेस्टक्ट रिमूव करता है ना अब वो ज्यादा ब्लड चाहिए होगा तो फिर कुदरत ने कुछ इनके अंदर ऐसी खासियत रखी है कि ये भी जो ऑक्सीजन और जो सब्सट्रेट होते हैं वो भी ज्यादा आते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट जो बड़ी हुई होती है वो भी एड्रेस्ट हो जाती है ठीक है ये बात समझ में आ गईरी सबको और और बताएं मुझे ताकि मुझे आइडिया हो क्योंकि मुझे लग रहा है दो तीन बच्चों बेचारों को, को आवाज नहीं आ रही जिनको आ रही है सिस्टम पे सिर्फ बच्चे ओके सो फाइन गुड नाउट अब हम क्या करेंगे अब हम करते हैं से क्लियर करते हैं और अब हम एक इंतहाई जरूरी चीज पे मार्क करते हैं और वो ये ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी बेटा ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी वेरी वेरी सिंपल जैसे ऊपर आपने पढ़ा ना थ्योरी, वैसे एक ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी होती है ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी ये कहती है कि भाई जब टिश्यूज अपनी मेटाबॉलिज्म को अप कर देते हैं तो उनकी जो टिश्यू ऑक्सीजन होती है वो कम पड़ जाती है ठीक है जब वो टिश्यू ऑक्सीजन कम पड़ जाती है तो फिर कुछ होता है कुछ ऐसा होता है कि रिलैक्सेशन ऑफ दोनों फर्द समझ में आ गया के मुताबिक वो टिश्यूज जो मेटाबोलिकली एक्टिव हो जाते हैं वो खुद ही एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करते हैं जो बेजो डायशन कर ब्लड फ्लो की को पूरा करती है ऑक्सीजन डिमांड कहती है कि वो जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही होती है वो खुद भी एक वेजोडायटरी इफेक्ट रखती है जिसकी वजह से वेजोडाइलेन हो जाती है और वो आ, अपना वेजो डायशन होकर टिश्यू और ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जाता है जहां तक ठीक है बेटे करते हैं हैं हैं अब बेटे ये ये ये ये तीन है एक्टिव एक्टिव और और जो दो है, ये आपने मेरा एफएससी में किए ऐसा ही है? ये दो. और का नाम सुना है पहले मेरा सुना है आ, देखो और बाकी, बाकी बचे नहीं मेजॉरिटी ने नहीं सुना चलो ठीक है ठीक है आज कर लेंगे है। no right. ये, ये बैठे हैं। चलो लेकिन चलो आपको मैं सबसे याद करवा रहा हूं जो एक्यूट हमने पहले स्लाइड में किए थे वो तीन है ऑटोरेगुलेशन एक्टिव एक्टिव हाइपर रिएक्टिव हाइपर ठीक है इससे पहले कि हम हाँ इसकी डिटेल में जाएं मैं इधर ही आपकी ना कुछ जहन में निशानियां लगवा देता हूं बेटे ऑटो ऑटो का मतलब आपको पता ही है ऑटो का क्या मतलब होता है ये ऑटो ऑटो है ऑटोमैटिक आटो मतलब रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि टिशू के अंदर ऐसी चीजें ऑटोमेटिक नहीं लगी हुई है जो खुद ही अपने ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती रहती है जब ये मैं कराऊंगा तब आप समझाते फिर हाइपरिमिया का क्या मतलब होता है हाँ जी ओ जी हाइपरिमिया का मतलब होता है इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज ब्लड फ्लो ये मतलब होता है हाइपरिमिया का तो जहां पे आपने लफ्स हाइपरीमिया पढ़ना है उसके वही मतलब है कि वो इंक्रीज ब्लड फ्लो है ठीक हो गया अब हाइपरीमिया दो टाइप का होता है एक एक्टिव हाइपरइमिया होता है एक रिएक्टिव हाइपरइमिया होता है ठीक है ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे लेकिन पहले मैंने कहा आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। ये तीन एक्यूट एक्चुअली हैं क्या? ठीक है चलो अच्छा जी अब आप ये देखें कि ग्राफ को भी फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़े ऑटो रेगुलेशन में करते हैं ठीक है ऑटो रेगुलेशन क्या शेयर ऑटो जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर अपने ही मैकेजम लगे रहे हैं। हुए तो तो जजबाती हो गए उसने लाइन लगा दी बीच में भाई तो गंदे बच्चे लाइन हटाओ यहां से अल्फा समथिंग बस किसी बच्चे की गलती से ना लाइन लग गई ये लाइन हटा दो बेटा। अच्छा आगे चलें। हम बात कर रहे थे ऑटो की बेटा मैं ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा जरा दो मिनट है ऑटो रेडेशन बारे डिस्कस करता हूँ आपने एक बात याद रखनी है आपने जो बात याद रखनी है वो है ये चीज़ें किडनी ब्रेन हार्ट और स्केलेटल स्के ठीक है ये जो चार चीजें हैं ये मशहूर और मरूफ है इसमें खास तौर पर किडनी और ब्रेन अल मशहूर हैं अपना ब्लड ऑटो रेगुलेट करने के लिए अब इसका ब्लड फ्लो आउटर एडमिट करने का अब मैं आपको सब जाने लगा बात हो रही है कांस्टेंट ब्लड फ्लो कि आप से सुनते जाए बस ठीक है अब मैं किडनी बनाने की एक कोशिश करता हूँ डायग्राम्स मेरी को इतनी खास होती नहीं है वैसे लेकिन कोशिश कर देता हूँ ये कुछ बन ही गई है ठीक है ये किडनी है जनाब और इसको एक ब्लड फ्लो आ रहा है एक खास ब्लड प्रेशर पर आ रहा है ठीक है एक खास ब्लड प्रेशर पे इसको फ्लो आ रहा है हुँ? अब ये ब्लड प्रेशर समाओ इंक्रीज हो गया ठीक है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया रीनल आर्टरी समझ रीनल आर्टरी आर्टरी के पीछे जो रीनल आर्टरी आर्ट्रीज ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग एयोटा यस एयोटा में सम्हा ब्लड प्रेशर बढ़ गया ठीक है अब किडनी हम कहते हैं किडनी एक इंतहाई जरूरी और एक इंतहाई नहीं बेटा ये हमेशा नहीं होता मैं आपको दो मिनट है तो जरा लग जाता हूँ पहले दो अब ये जो है ये एक इंतहा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ये अंदर से बहुत नाजुक है अगर आपने इंक्रीज ब्लड प्रेशर को कायदे में ना रखा और आपने ये जो सुनामी है ये अंदर आने दिया तो ये ना सिर्फ इसको डैमेज करेगा इसके को डैमेज करेगा बल्कि ये सारी फिर आगे भी गड़बड़ कर देगा ठीक है आपने किसी तरह से ये जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है ना इसके आगे बंद बांधना है ऐसे कि ये प्रेशर और ये फ्लो आगे ना जाए किडनी को कांस्टेंट ये देखो कांस्टेंट ब्लड फ्लो मिलता है उसके लिए किडनी क्या करती है ऑटो रेगुलेशन करती है ऑटो रेगुलेशन आपको ये है सुन के हैरत होगी कि ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये है कि किडनी जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर और अचानक से इंक्रीज ब्लड फ्लो का सामना करती है अब ये खत्म होने लगा है लेक्चर ठीक है ये तो मैं दोबारा यही कनेक्टरूंगा परेशान ना हो तो अगर ये जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज ब्लड फ्लो आने लगता है अचानक से तो किडनी के वेसल्स बेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं जब वो बेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो वो अपने ऊपर सह लेंगे अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेंगे वो आगे नहीं जाने देंगे ब्लड को किडनी की तरफ किडनी के अंदर ये बात समझ में आई है यह समझ में नहीं आई ये बड़ी क्रूशल बात है। समझ में आ गई बेटे, बेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ये जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो की कैफियत है ये पीछे रह ठीक है वो इसको और ये जिस बच्चे ने पूछा था कि इसकी ये कब कब होती है तो बेटे ये एटी एम एम एच डी टू वन एटी एम एम एच डी तक आपको आप इतने फ्लक्चुएशन करेंटीरियल ब्लड प्रेशर है आ, मीन प्रेशर आपको याद होगा, वो 80 तक गिराएं या 180 तक बढ़ा दें दोनों इतनी बड़ी रेंज के दौरान भी आपका जो ये जो ब्लड फ्लो है किडनी का ये कॉन्स्टेंट रहेगा ये बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात अब सर, अब आप ठीक है ओके चल गुड नाउ नाउंड करता हूँ अब मैं जरा ग्राफ पे आता हूँ सिंपल है यहां बेटे आपको ब्लड फ्लो दिखाया गया है ये देखो ब्लड फ्लो है दिखाया गया है ये मीन आर्टीरियल प्रेशर दिखाया गया ऐसा ही है अब एक्स एक्सिस पे मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है और उसने ब्लड फ्लो को बढ़ता दिखाया अब आप क्या चाहते हैं है? हम यही चाहते हैं है अगर मीन के बढ़ने से फ्लो भी बढ़ना शुरू हो जाए साथ, -साथ तो, तो फिर मकसद ही फोत हो गया रेगुलेशन का रेगुलेशन किस चीज की हुई फिर है नी अच्छा अब वो कहता ये है अब मैंने आपसे क्या कहा था एट्टी टू तक एट्टी अब यह देखो आप स्ट्रेट लाइन की ये तकरीबन 80 है 80 और ये तकरीबन 180 है 180 यस yes, नज़र आ रहा है वो बचा इसके दरमियान में जरा चेक कर लें कि ये जो लाइन है ये क्या कहती है लाइन बनाता हूं मैं आज क्या याद करोगे ये देखो ये जो दोनों ग्रीन डॉटेड लाइन भी और रेड लाइन भी ये जो इन दो लकीरों के दरमियान मैंने बनाई है है थोड़ा सा फ्लैट या नहीं फ्लैट है ना इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान इस पॉइंट के दौरान दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान यानी तकरीबन एट्टी टू वन आप बढ़ाई गए प्रेशर वेशर प्रेशर जाए फ्लैट है है ये बिल्कुल लेकिन ब्लड ब्लड फ्लो फ्लो पे कोई खास इफेक्ट नहीं तकरीबन कांस्टेंट होगा यस बात क्लियर है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा अगर जिन बच्चों को बाल की खाल उतारने की आदत है उनके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए आप जरा थोड़ा सा इस पर और गौर करेंगे आप ये देखें कि जो एक्यूटरी दिखाई है और वो काफी हद तक बाद में फ्लैट रहते हैं एक सौ अस्सी के आगे भी वो फ्लैट ही रहते हैं ये कमाल होता है बेटे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन का लॉन्ग टर्म रेगुलेशन याद रखो जनरी जरा लेट स्टार्ट होती है ये देखो लेट स्टार्ट हुई है वो एक्यूट पहले स्टार्ट स्टार्ट हो गया, वो लेट ये बाल की ट करते, करते हैं फर्क सिर्फ यह है लेकिन लॉन्ग टर्म फिर भी रहता है ये बात में बताने की ये बात क्लियर ओके बाकी बच्चे जी बेटे यही मतलब है जब तक ये स्ट्रेट है इसका मतलब देखो ना आपको समझो इस बात स्ट्रेट का मतलब क्या है इस इस एक्सेस के अलाग ब्लड प्रेशर तो पड़ रहा है लेकिन ब्लड फ्लो नहीं पड़ रहा ब्लड फ्लो कांस्टेंट है यस बाकी बच्चे मारिया मारूशा सानिया के अलावा मोमिना मारिया मुबीन बशरा और बाकी बच्चे चीन क्या गुट मशाद आइफा अलीजा महानी शमा गुट हाजरा गुट जिसका मतलब मामला कुछ बन गया चलो आगे चले Uh, थोड़ा बस वक्त रह गया इस वाले में मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा वनस अगेन इसकी जो ऑटो रेगुलेशन की जो एक्सप्लेनेशन है ये अगेन अगर समझ में आए तो ठीक है ये, ये, ये यानी आप समझो ऑटो रेगुलेशन के फीचर टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हो रही है वो ये अब आई बात समझ में एक्सप्लेन या टेक्नोलॉजी उसकी तो दोनों जनाब यानी मेटाबोलिक थ्यूरी भी और माओजेनेकिक थ्यूरी होती है हो, बता दी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आ, जब आपस में लड़ रहे हैं बच्चे मेटाबोलिक थ्यूरी तो हमने बात कर ली थी ठीक है मेटाबॉलिक थ्योरी थ्यूरी बात की थी हमने अभी नहीं की थी बेजो डायरेटिव थ्यूरी इज ऑल कैन ऑल्सो भी कॉल्ड मेटाबॉलिक थ्योरी थ्यूरी मेटाबॉलिक जब ज्यादा मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें चीजें बननी शुरू हो जाती है चीजें बननी शुरू हो जाती है तो वो बेजोडायलेट हो जाता है ठीक है थ्योरी तो भी एक तरह की वही चीज है मायोजेनिक थ्योरी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी कि मायोजेनिक थ्योरी क्या होती है कि जब प्रेशर पीछे से ज्यादा आ जाता है तो वो कर जाता है वहीं उसको रजिस्टेंस बढ़ा के वो ब्लड फ्लो को आगे नहीं जाने देता यह है मायोजेनिक थ्योरी ठीक है ये वैसे डिटेल है काफी डिटेल है इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत तो नहीं अच्छा अब आगे दो रह गए एक्यूट एक हाइपरिमियम और रिएक्टिव हाइपरिमियम बेटा बहुत सिंपल सी बात है एक्टिव हाइपर इनिया का मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर टिश्यू की नीड बढ़ गई है ना तो उसका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाए ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी कह लो आ, आ, या मेटाबोलिक थ्यूरी कह लो यही देखा गया है कि किसी जगह का अगर मिसाल के तौर पर आपको अगर कहीं जख्म पड़ गया है उंगली में उदाहरण खास कोई चीज चुप गई है या कट लग गया है अब वहां का आप महसूस करेंगे कि वह जगह वॉर्म हो जाए वहां रेड हो जाएगा ऐसा ही है ना वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ये ये दोनों काम होंगे ना वो क्यों होगा हो गया वहां पे ब्लड की ज़्यादा जरूरत पड़ गई और नॉर्मल एग्जाम्पल ये वाली होगी इसकी जो हम दे रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर उसकी बढ़ गई है जैसे एक्सरसाइज एक वगैरह है या किसी वजह से उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई है तो उधर उस जगह का विजुटाइजेशन वो हुआ के वो वहां का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा चाहे वो के जरिए हो या ऑप्शन डिमांड थ्यूरी के जरिए हो टेक्नोलॉजी डर ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये ऐसा होता है ये, है ये बात अपने के लिए सिंपल है रिएक्टिव मजे आ रहा है आपने बचपन में वो कभी वो वो किया अपनी दोस्तों में बैठी सहेरिया और जोर से किसी का हाथ मरोड़ा मरोड़ा नहीं दबाया हो या वो नहीं जो बचपन में जो बच्चियां करती होती थी चूड़िया चूड़िया कर काटती होती थी यानी हाथों को ना जोर से दबा के मसलती थी ऐसे से करके अब यूट्यूब होती तो मैं तुम्हें तो करके दिखाता है बड़ी गंदी वो बात होती है वो क्यों क्योंकि वो एक तो, तो ब्लड फ्लोर रुक जाता है ऊपर से उसकी रगड़ से ना बहुत जलन होती है आपने किया होने तुम लोग अब आप अपने आप पर भी ये रिएक्टिविया ट्राई कर सकते हैं आप कलाई को जोर से पकड़े और दबाए जोर से पूरे जोर से ठीक है कंप्लीट जोर से और मेरा अब ये होने वाला है, मैं थोड़ी देर में कनेक्ट जोर से दबा के आपको लगेगा ये सुन भी हो गया हो अब आप अब महसूस करेंगे उसमें वॉम तो आना शुरू होगी ये बेटे रिएक्टिविया अब यह होता क्या यह जो इंक्रीजेड ब्लड फ्लो है रिएक्टिविया का इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि जब आप जोर लगा के बैठे हुए थे जब आपने अपनी कलाई को पकड़ा हुआ जोर से तो जो हैंड है वहां पे ब्लड फ्लो की डिफिशंसी थी कम हो गया था जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम पहुंच रही थी ठीक है ना लेकिन जो हैंड के सेल्स हैं वो तो बेचारे वैसे के वैसे ही है ना वो तो जिंदा हैं और वो उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन हर वक्त दरकार है वगैरह वगैरह तो वो क्या कर रहे थे कि वो उधारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे वो जो कुछ भी आसपास मायोग्लोबिन वगैरह पड़ा था दाएं बाएं वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे कि कहीं से इस तरह से उधार मिल जाए तो आप बाकायदा एक ऑक्सीजन डेट में चले जाते हैं ऑक्सीजन के उधार में चले जाते हैं ठीक है ऑक्सीजन डेट ऑक्सीजन ऑक्सीजन डेट में जाते हैं वो जरूरी वो है ऑक्सीजन उसको में असर होनी चाहिए ठीक है तो काम चल जाता जब आप अपना हाथ छोड़ते हैं कलाई छोड़ते हैं तो ब्लड जो है ना उसने वैसे तो आराम से आना था लेकिन ऑक्सीजन डेट की वजह से ऑक्सीजन डेट की वजह से क्या होता है कि इंटेंस होती होती है, होती है, है, अचानक क्योंकि तो किसी को को पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि को पूरा करना चाहिए तो ब्लड को बहुत ज्यादा जल्दी अलाउ किया जाता है एक इंस्टेंट वेजो डायलेशन के जरिए वे जल्दी से आए ऑक्सीजन दें ताकि हम अपना डेट पूरा कर, ठीक है ये है जनाब अली रियक्टिव ठीक है आगे चले अच्छा ये मैं ग्राफ एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये एक्यूट और क्रॉनिक जो है रेगुलेशन का डिफरेंस है ये ग्राफ जिनको मैथमेटिक्स से दिलचस्पी है या थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की दिलचस्पी है वो इन दोनों की जो कर्व्स हैं उनसे काफ़ी हज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन रेड कर्व से पूरे कहानी डिलीवर होती है और ग्रीन कर्व की भी एक कहानी डिलीवर होती है मोटे मोटे इसके जो हैं बहुत तो हाल ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन देर से आती है लेकिन लंबे लंबे लंबे अरसे तक रहती है और एक्यूट जो है वो जल्दी आ जाता है लेकिन वो ज्यादा देर तक रेगुलेट नहीं कर पाता लेकिन उस रेंज में जरूर रेगुलेट करता है जिस रेंज का हमने जिक्र किया है उसके बाद ब्लड फ्लो तो उतना ही बढ़ेगा जितना ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब गड़बड़ तो अब फाइनल पॉइंट फाइनल चीजें ये रह गई हैं कि एनजियोजेनेसिस क्या है एनजियोजेसिस बेटे कहते हैं नए लेसन के बनने, ठीक है अब आपने देखा होगा कि अगर आप राइट हैंडेड हैं, तो आपका राइट हैंड राइट आर्म जो है अपर लेर होगी लेफ्ट से ठीक है इसी तरह से बॉडी बिल्डर होते हैं रिएक्टिव बेटा डिफरेंस सिर्फ ये है एक्टिव में कोई बंदिश नहीं है पहले स्टिमुलस समझ स्टिमुलस एक्टिव का बंदिश नहीं है जैसे ही टिश्यू को रिक्वायरमेंट हुई डायलेशन हो गई और ब्लड फ्लो एक्स्ट्रा आ गया. रिएक्टिव में बंदिश होना जरूरी है पहले बंदिश हुई और जब बंदिश हटी तो फिर फटाफट ब्लड को डायलेट करके करा के फॉरन ब्लड को पहुंचाया गया और उसने वहां जो भी बंदिश के दौरान जो भी डेथ हुआ था ऑक्सीजन का उस डेट को पूरा पू अक्सर अब ठीक है नहीं ठी तो पूछ लो। आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये जो आपने एग्जाम्पल दिया है ये प्रैक्टिकल तो जाहिर नहीं है ये तो समझाने के लिए थी बॉडी में कहीं एक्चुअली भी रिएक्टेड राइबर का कोई एग्जाम्पल बनती है क्या कह है सवाल अच्छा नहीं है जो मैंने अपने आप से खुद ही किया है अच्छे पॉइंट है ना सवाल है तो आप जवाब भी दे दो नहीं ये क्या हुआ मैं सवाल ही मैं ही करूं जवाब ही मैं ही करूं ये तो कोई बात ना होगी चलो आयशा हनीफ मैं कहता हूं बेटे आप छा अच्छा गए अच्छा नहीं होल्ड होल्डाउन मैंने ये वीडियो में तो मैंने कहा होगा मैं भूल जाता हूं मैं भूल जाता हूं कि मैंने वीडियो भी तो आपको सेंड की भी बिल्कुल आप सही कह रहे हो जब कोई कॉर्नरी ब्लॉक होती है तो बंदे शादी अब उस ब्लॉक के आगे जो वेसल है और वो जिस जगह गरीब जगह को प्रोवाइड कर रहा था ब्लड वो मायोकार्डियम को तो मुसीबत पड़ गई वो डेड में चला गया आपने अगर तो ये बंदिश खैर से वक्त अच्छे वक्त पे दूर कर दी तो वो जो मायोकार्डियम है जो यहाँ से शराब हो रही थी वो बच जाएगी लेकिन वो रिएक्टिव हाइपरीनिया आपको दिखाएगी यानी वो ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगी आपसे जो ब्लड अंदर आ रहा है और वो उसको पहुंचानी पड़ेगी अगर आपने देर कर दी तो मसल जो है वो इतना जो उतना जो पार्ट है मसल का वो मर भी सकता है स्कीमिया और इन्फॉक्शन में जो फर्क है तो शाबाश okay. अब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है लॉन्ग टर्म मैके लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में दो चीजें एंजियोजेनेसिस और कोडेक्ट ठीक है तो लॉन्ग टर्म में हम पहले एंजियोजेनेसिस पढ़ते हैं ठीक है एंजियोजेनेसिस सिंपली क्या है एंजियोजेनेसिस है, कि जो है बनने शुरू हो जाते हैं। आ, ऐसे मसल में जिनका मैं बॉडी बिल्डर्स की आपको एग्जाम्पल लेता हूँ फिर आपको नहीं भूलेगा सर जब कुछ हो जा। जाता स्लीपिंग मूड में जाता है तब भी रियक्टिंग होता है स्लीपिंग मोड में जाता है हमें बताओ सुन हो जाता है हाँ हाँ बिल्कुल वो सुन किसी वजह से होता है ना उसको हमने दबा के रखा होता है उसको फोल्ड करके आप बैठे हुए होते हो तो जैसे ही आप उसको निकालते हो उसको सीधा करते हो बिल्कुल यही होता है रिएक्टिव आई और वो सुन इसलिए हो जाता है कि आप कुछ ज्यादा ही आपने बंदिश कर दी इतनी भी नहीं कर दी चलो जी एंजोजेनेसिस का मतलब है वैस्कुलरिटी चेंज हो जाती है बॉडी बिल्डर्स में आपके साथ मिसाल देने लगा था जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके मसल्स वो मसल्स पे ज्यादा प्रेशर रखते हैं उनकी रिक्वायरमेंट मसल्स की खुद से बढ़ाते हैं तो क्या होता है मसल्स जब अपनी अपने साइज को बढ़ाता है अपने सेल्स के साइज को बढ़ाता है और नंबर ऑफ दो चीजें होती है बेटे जब हाइपर होती है ना मसल की हाइपर तो समझते हो तो हाइपर दो चीजों में होती है एक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और साइज ऑफ ईच सेल भी बढ़ता है यानी हर जो मसल फाइबर है अपने साइज भी बढ़ाएगा और नंबर ऑफ जो सेल्स हैं मसल के वो भी बढ़ जाएंगे ठीक है अच्छा अब जब मसल के इसका मैस बढ़ गया नंबर भी बढ़ गया साइज भी बढ़ गया तो जाहिर है अब आपको वेसल भी बढ़ाने होंगे वरना आप इनको कैसे सप्लाई करेंगे अब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है तो जाहिर है पानी उसकी सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी ठीक है ना तो उस उस चीज को कहते हैं एंजियोजेनेसिस जब आप इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पन एक टिश्यू करना शुरू कर दे आ, आ, लगातार करना शुरू कर दे तो उसकी वैस्क्यूलैरिटी को भी बढ़ा दिया जाता है कैसे बढ़ाया जाता है अगर बाल की फाल उदार नहीं हो तो वो ये ऐसे बढ़ाया जाता है ठीक है ये वैस्कुलर एंटोजर्स है फाइब्रोग ग्रोथ फैक्टर है एनजियो ये सारी वो हॉर्मोन है लोकली प्रोड्यूस हारमोन है जो कि एनजियोजेनेसिस करने में बॉडी को मदद देते हैं ठीक है इतनी डिटेल आपको नहीं आएगी आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म मैकेजम्स में दो मैकेजम होते हैं एक एनजियोजेनेसिस है जिसमें अगर टिश्यू का जो ऑक्सीजन कंज़म्पशन है वो बढ़ जाए उसका साइज बढ़ने की वजह से किसी भी वजह से तो उसकी बेस्टिटी को इंक्रीज कर दिया ठीक है चलो लास्ट या सेकेंड लास्ट पॉइंट यह है कि कोलेट्रल्स क्या होते हैं होते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे ड्रॉइंग आपको बना देते हैं मिसाल के तौर पर जनाबे अली ये एक कॉर्नरी वेसल है यहाँ पे खुदा खासता एक क्लाट सा बन गया है यहाँ ब्लॉकेज हो गई है ठीक है आ, नहीं कह रहे कॉर्नरी बनाई आपने और क्लाट्स आप जो है वो कुछ ऐसे बने यानी पहली डायग्राम में वो से बन और दूसरी डायग्राम में फर्क ये है कि यहां से होते हुए अभी ब्लड फ्लो जारी और सारी है बहरहाल ये जो अमाउंट है ब्लड की ब्लड की इस ब्लॉकेज के बाद यहां पे इधर कम हो जाएगी क्योंकि तक आधा न्यूमन तो इसने रो, रोक के रखा हुआ ऐसा ही तो इस पोस्ट ब्लॉकेज में इससे आगे ब्लड की बहरहल कमी महसूस होगी हार्ट मसल को खास तौर पर हार्ट में होता है ठीक है तो ब्लॉक के से पहले एक हाँ बायपास ये वर्ड सही है बायपास बन जाएंगे ऐसे कर ये बस ये कंट्रोल में नहीं है बेटे पहनिए मैं माउस से कर रहा हूं जो करना करने ही कुछ कर रहा हूं ये बायपास बन जाएंगे कोलेट्रोल बन जाएंगे जो इस ब्लॉकेट को बायपास करते हैं बस इतनी सी बात है इन्हें कोलेट्रल्स कहते हैं तो देखा गया है बच्चों साथ हो मेरे हलो हलो ओके थैंक यू तो देखा गया है कि कई ऐसे हार्ट uh, पेशेंट्स जिनको अभी खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक नहीं हुआ लेकिन उनको थोड़ा बहुत उनकी कॉर्गनरीज में ब्लॉकेट हो जाया करता है लेकिन कंप्लीट ब्लॉकेट नहीं होता तो उनको माशाला हार्ट अटैक नहीं होता इसलिए नहीं होता कि वो वर्जिश क्योंकि जारी रखते हैं तो क्या होता है ये वर्जिश की वजह से मायोकार्डियम में मायोकार्डियम एक्टिव रहती है उसमें ब्लड सप्लाई जारी और सारी और रहने की कोशिश होती रहती है इसकी वजह से क्या होता है, है। बायपास बनते रहते हैं ताकि मायोकार्डियम को नुकसान ना पहुंचे ब्लॉकेट अपनी जगह खुशोकर्म रहे बेशक लेकिन साथ ही कोलेट्रल्स बन जाए अब क्या होगा लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि मैं कहता हूं अगर ये ब्लॉक ट भी हो जाए पूरा ब्लॉक भी कर दे तो ये तो अब आर्टरी हो गई बंद ऐसा ही है ठीक है लेकिन अगर ये बाईपास की में नहीं आई तो ब्लड यहां से आएगा और वो बायपास हो जाएगा ठीक है ये ब्लॉक होता रहे समझ आ गई ये है फायदा कोलेट्रोल का ठीक है बोल पढ़ो आखिर ये खुद ही देख लेना दीज आर वेज कुछ वेज ऑफ डायरेटरी होते हैं जो वेज ऑफ करते हैं कुछ वेज ऑफ एजेंट्स होते हैं जो वेज डायरेक्ट करते हैं इसमें समझाने वजाने की कोई खास बात नहीं है ये बस एक लिस्ट है